नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूँ हर नागरिक को न्याय दिलाने के साथ ही समस्या के निराकरण के प्रयास में लगे हुए योगी ने प्रदेश के सभी शीर्ष अधिकारियों को प्रतिदिन सुबह अपने कार्यालय में दो घंटा बैठ जनहित के कार्य करने का निर्देश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव तथा सचिव को ही हर रोज दस से 12 बजे तक अपने कार्यालय में बैठकर जनता की समस्या सुनने और उसके निराकरण का निर्देश भी दिया है देने के अभियान में लगातार लगे हुए हैं उन्होंने बीते दिनों अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार फिर से शुरू कर दिया है जिससे की लंबे समय से अपनी समस्या के निराकरण में लगे लोगों को राहत मिली है वह रोज दो घंटे अपने सरकारी आवाज़ पर लोगों की समस्या को जानने के बाद उसका निराकरण भी निकालेंगे वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर इतने दिन से चल रही असमंजस की स्थिति आखिरकार खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रदेश सरकार को सशस्त्र अनुमति पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया है सरकार अपनी ओर से यात्रा पर रोक का सख्त फैसला शायद नहीं करना चाह रही थी कावड़ से ही बातचीत की गई इस पर संघो ने खुद ही कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है सावनवास की धार्मिक परंपरा के तहत 25 जुलाई से कावड़ यात्रा प्रस्तावित थी वहीं उत्तराखंड सरकार ने तो सरकार इस यात्रा पर रोक लगा दी थी लेकिन योगी सरकार ने इसके लिए सशस्त्र अनुमति दी है निर्णय लिया गया है की कावड़ियों के लिए आर की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी साथ ही कावड़ संघों से अपील भी की गई है कि कम से कम श्रद्धालु यात्रा में शामिल हूँ इधर कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की भी आशंका है डेल्टा प्लस मामले कई राज्यों में लगातार बढ़ रहे हैं इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दिया शुक्रवार को दाखिल जवाब में सरकार ने संक्रमण से बचाव के लिए कोविड प्रोटोकॉल के पालन आर की निगेटिव रिपोर्ट जैसी दलीलें दी इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक आयोजन से अधिक जीवन की सुरक्षा के तर्क के साथ सरकार को निर्देश दिया है कि कावड़ यात्रा की अनुमति पर पुनर्विचार करे अगली सुनवाई सोमवार को होनी थी महिध्र योगी सरकार खुद से यात्रा को स्थगित नहीं करना चाहते मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है की कावड़ संघों से बात की जाए कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका का पक्ष वही सीतापुर के शहर कोतवाली के पूर्णागिरी कॉलोनी में मकान बेचने को लेकर विवाद हो गया आपको बता दें कि बेटों ने क्रिकेट बैट से माँ और पिता पर वार कर दिया जिसमें मौके पर ही माँ की मौत हो गई वहीं विवाद में पिता गंभीर रूप से घायल हो गए घायल पिता ने पुलिस को मामले की सूचना दी वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दोनों बेटों को हिरासत में ले लिया है वहीं कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र में 3 जुलाई को युवक को गोली मारी गई थी वही घायल युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया जिसके बाद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों में गुस्सा दिखा वहीं गुस्साए परिजनों ने नेशनल हाईवे जाम किया जिसके बाद भारी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद औरैया फफून थाना क्षेत्र में एक महिला अपने खेत पर काम करने गई थी तभी तेज बारिश के साथ आकाश बिजली गिरने से महिला और एक मोर की मौत हो गई वहीं पास में दो लोग और अपने खेतों में काम कर रहे थे वो भी घायल हो गए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है जनता के बीच में जाकर अपनी अपनी पार्टी का दमखम पार्टी नेता दिखाते नजर आ रहे हैं वही सभी पार्टी नेता अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा भी कर रहे हैं इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी भी इस बार प्रदेश की चार सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी की सदस्यता अभियान में मुख्य अतिथि के तौर पर आप सांसद संजय सिंह अलीगढ़ पहुंचे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिल्ली मॉडल की सरकार बनाने का जनता से आग्रह किया है और आप सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर जमकर तंज भी कसा है। सबसे पहले मैं मशहूर फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी जी की शहादत पर अपनी श्रद्धांजलि देता हूं अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवाद के वो शिकार हुए लेकिन मैं इसके साथ ही अपने देश के प्रधानमंत्री की फर्सना करता हूं, निंदा करता हूं, आलोचना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक जाबाज पत्रकार के लिए संवेदना के एक शब्द नहीं बोले जरा सा भी अफसोस जाहिर नहीं किया क्या ये देश के प्रधानमंत्री का दायित्व तो है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने अफसोस जाहिर किया, दुनिया के तमाम पत्रकारों ने अफसोस जाहिर किया, हिंदुस्तान के तमाम मुख्यमंत्रियों ने अफसोस जाहिर किया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी आप वही लखनऊ में सपा नेत्री शालिनी सिंह ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए है शालिनी सिंह ने पीएम के काशी दौरे को लेकर भी जमकर निशाना साधा है सपा नेत्री ने बताया है की वाराणसी सांसद और देश के प्रधानमंत्री वाराणसी की जनता के साथ विकास कार्यों के नाम पर छलवा, छलावा किया है आगे उन्होंने ये भी कहा है कि सीवर और रोड जैसी बड़ी समस्याओं से वाराणसी के लोगों को अभी तक निजात नहीं मिल सका है महज लाइट लगाकर शहर का सौंदर्यकरण किया गया है रहुपूर्ण। रहुपूर्ण। रहुपूर्ण। से तो अभी आपने देखा कि बनारस चर्चा में रहा क्योंकि प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ वहाँ और पूरे भर भर पेज विज्ञापन दिए गए बनारस की विकास की गाथा को गाते हुए तो उसी पर मैं कहना चाहूँगी कि असल में बनारस की विकास की नहीं विनाश की गाथा लिखी गई है जो मूल समस्याएं हैं बनारस की सीवर की समस्या है जाम की समस्या है गंगा जी का जो दुर्दशा अभी आपने हाल में देखी कि किस तरीके से 50-100 साल में जो नहीं देखा गया था कि लाशें उतराई हुई दिखाई दी गई और शैवाल जो कभी आज तक नहीं देखे गए थे जो एक गंगा जैसी एक नदी जो कि अविर बहती है जिसका नेचुरल फ्लो है उसमें कभी आज तक शैवाल नहीं देखे थे ये स्थिति आ गई तो ये सब परिणाम है जो गंगा जी के विकास के नाम पर जो उसके साथ छेड़छाड़ वही आगामी विधानसभा को लेकर सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर आई है इसी मुद्दे पर निषाद पार्टी के हेड संजय निषाद ने बयान दिया है संजय निषाद ने कहा है कि का संकल्प लिया गया है आप भी सुनिए संजय निषाद का ये बयान आरक्षण भले संविधान में लिखा था लेकिन लागू नहीं था अब इसे लागू हो गया उन्नीस सौ जब आरक्षण नहीं लागू था तो उनके माँ के चुक ऐसी हरवा पैदा होते थे जैसा आरक्षण में लिया हाकिम पैदा होते हैं उसी संविधान में लिखा है कि केवट मल्ला मजवार हैं इसकी प्रयावाची जाती मजवार की राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन रखा है उन्नीस सौ की जनगणना की सूची भेज दिया कि केवट मल्ला को मजवार में गिना जा तो वही गिनती कराने के लिए इनकी ट्रेनिंग दे रहा हूँ कि पहले अपनी गिनती तो सही जगह कराओ इन मेहमानों ने तुम्हारा नाम खिचड़ी में डाल दिया बिना पूछे जब राष्ट्रपति ने कह दिया कि केवट मल्ला मझवार हैं खबर लखनऊ में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर लोगों की समस्याओं को सुना गया आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम ने अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र और प्रभावी निस्तारण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है कोरोना संक्रमण कम हो चुका है इसलिए तहसील दिवस और थाना दिवस की व्यवस्था को अच्छे से लागू किया जाए वही समाधान दिवस कई शिकायतों को सुना गया है और लोगों की समस्या का जल्द ही हल निकालने को भी कहा गया है आप तुमको मार डालेंगे पहले उन्होंने आए और हमारे घर में घुस गए फिर हमारी बहुत को खींचने लगे तो हमने वहाँ पर जाकर तो कहा अपने घर चले की नहीं हम खींचे तो वही कौशाम्बी के बारह ब्लॉक में ग्राम प्रधान को धमकियाँ मिल रही है और प्रधान को ये धमकिया पंचायत मित्र के द्वारा मिल रही जानकारी मिली है की पंचायत मित्र अवाना आलमपुर प्रमोद यादव ने मनमानी की और विकास के नाम पर पैसों को निकाल लिया आरोप यह भी है कि पूर्व प्रधान के समय में भी पंचायत मित्र ने घोटाले किए हैं और नव निर्वाचित प्रधान को पंचायत मित्र के घोटाले की बात पसंद नहीं आई कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में पंचायत मित्र को ग्राम विकास अधिकारी की शह मिली हुई है धमकिया नहीं दिया है ये गांव पर आदमी लोग खबर लेके आते है की तुम्हारे में कुछ गम नहीं है सब जगह सब काम पंचायत मित्र करेगा तो। तो। नरेगा का काम बिग प्रधान के पूछे काम कार्य करा रहे हैं हाँ जी क्या सही है क्या गलत है जी दस आदमी का काम करते हैं बीस आदमी का नाम भरे हैं अच्छा दस लोग काम कर रहे हैं बीस लोगों को हाजिरी लगती है, हाँ। जी। पैसा के सब खर्च हो रहा है। अच्छा घोटलेबाजी ज्यादा हो रही है घोटलेबाजी ज्यादा हो रही है अच्छा तो इसमें आपके यहाँ जो मतलब पूर्ण प्रधान थे क्या उसमें भी कुछ घोटोलेबाजी हुई है उनको तो बहुत बेकूफ़ बना है अच्छा तो यहाँ पे मौजूद है पूर्ण प्रधान हाँ मौजूद है ना उनको भोला यादव वही खबर गोरखपुर से है जहां नगर निगम ने शहर के अंदर अपनी जमीनों को तलाशने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं जिसको लेकर नगर निगम के गेस्ट हाउस में नगर आयुक्त अविनाश सिंह की अध्यक्षता में रेंट और लाइसेंस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई जिसमें उपनगर आयुक्त संजय शुक्ला सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी नगर निगम के तहसीलदार सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे बैठक के माध्यम से ये निर्णय लिया गया है की नगर निगम अब तक अपने जितने भी विवादित जमीन नगर निगम के जिन जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है जो ज़मीनें मुकदमे में फंसी हैं, उन सभी जमीनों का लिस्ट तैयार करेगी और उन्हें खाली करवा कर उनकी घेराबंदी भी करेगी के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में मामूली बात को लेकर दबंगों ने एक युवक को गोली मार दी इसके बाद युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया यहाँ प्राथमिक इलाज के बाद उसे सैफ मेडिकल के लिए रेफर किया गया है गोली गोलीकांड से इलाके में दहशत का माहौल है फिलहाल पुलिस ने शिकायत दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए भी ने कर दी है। और संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर पुलिस के आला अधिकारियों ने बिधुना थाने का निरीक्षण किया समाधान दिवस के मौके पर डी एम सहित कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे जिलाधिकारी ने फरियादियों की बात को सुनते हुए उनकी समस्या का समाधान निकालने की बात कही है साथ ही औचक निरीक्षण कर थाना परिसर को चेक किया गया और कमियों को दूर करने के लिए लोगों को फटकार भी लगाई गई। काफी दिनों बाद कोविड महामारी के चलते तहसील दिवस की कार्रवाई नहीं हो पा रही थी आज ऐसी दिवस की कारवाई हुई है और काफी जो प्रखंड थे वो भूमि विवाद सम्बंधित थे और कुछ प्रकरण अन्य जो पुलिस कार्रवाई है उससे भी संबंधित थे आ, जैसे जैसे अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है वैसे वैसे और भी लोग तहसील दिवस में अब आते जा रहे हैं और जो भूमि विवाद है उसके लिए थाना दिवस का दिन हमारे द्वारा जो आ, आ, करा जाता है कार्रवाई उसमें ये जितने भी मामले हैं आ, चाहे वो तहसील दिवस में आए हैं चाहे थाने में अन्य माध्यम उसे आए वो तो जो संयुक्त टीम के द्वारा इसमें कार्रवाई की फिलहाल के ब्रिटेन में इतना ही तेजना की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी